साले संसार में कौन भिखारी नहीं सब भिखारी हैं। हम पेट के भूखे हैं रोटी के पीछे भागते हैं रोटी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं दौलत के भिखारी हैं। ये हवस वाले हवस के पीछे भागते हैं क्यूँकी हवस की भिखारी है ये, ये कुर्सी को चाहने वाले वोटो के पीछे भागते हैं क्यूँकी ये वोटो की भिकारी है मन से देख तो इस संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है हर इंसान किसी न किसी चीज का बेकारी है तो कितना है कि कोई भिकारी जिसकी तकनीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है और जिसकी तकनीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है